आज से लगभग 30 करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसे जीव का जन्म हुआ जो पृथ्वी पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि पूरे 16 करोड़ो साल तक राज करने वाला था ये जीव कोई और जीव नहीं बल्कि सबसे भयानक डायनासोर ही था आज से लगभग छह को साल पहले अंतरिक्ष से आए एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से डायनासोर का पृथ्वी पर ऐसी पूरी तरीके ऐसी अंत हो गया था और आपको पता है इस धरती पर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा दो लाख साल पुराना ही है मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा नए हैं डायनासोर के सामने अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो काल के गर्त में ही समाया हुआ है पर डायनासोर हम मनुष्यों के आगे बहुत ज्यादा जिए हैं धरती पर और वह इतना कुछ देखते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते आज ऐसी चार दशमलव, अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ और माना जाता है कि आज से 3.30 अरब साल पहले माइक्रोब्स के फॉर्म में पृथ्वी पर जीवन आ चुका था डायनासोर तो मात्र आज से 23 करोड़ साल पहले ही धरती पर आए प्रश्न यह है कि डायनासोर के पहले धरती पर क्या हुआ करता था क्योंकि जीवन तो धरती पर डायनासोर से भी ज्यादा पुराना है तो यह बात जरूर है की डायनासोर ऐसी भी पहले धरती आरोप कई प्रकार के जीव रहते थे दरअसल डायनासोर जिस समय में जीवित थे उस समय को या उस कालखंड को मैसुजोइ एरा कहा जाता है मैसुजोइ एरा आज से साढ़े चौबीस करोड़ साल पहले का समय था बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 7 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी एस्टेरॉइड के टकराने ऐसी सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी ये कयामत के आने जैसा था हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा क्यामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की पचहत्तर नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते है की अगर वो एस्टेरइड धरती ऐसी न टकराया होता तो क्या होता या फिर अगर वो क्षुद्र कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समंदर में घिरा होता इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मचती हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थी इनमें अमेरिका की टेक्सस यूनिवर्सिटी के शोन गुलिक भी वो भूवैज्ञानिक है शोन का मानना है की अगर वो एस्टेरॉइड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में इससे जो आग निकली जो सल्फर का धुआं निकला उसका असर धरती पर कम पड़ता ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते हालाकि उसके बाद भी धरती ने क्यामत के कई मंजर देखे शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते क्यूँकी विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती और अगर जो वो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव है उनका क्या हश्र होता क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ, साथ धरती पर रहते इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर स्टेरॅड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर का युग खात्मे के कगार पर पहुंच जाता ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था ऐसे में डायनासोर का बचना कमोबेश नामुमकिन सा था वो धरती के क्रिटेशियस युग के आखिरी दिनों में मुश्किल खुद को बचाए हुए थे एस्टेरॉयड की टक्कर से करीब चार करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था बैंटिन के मुताबिक आज की ही तरह तब भी डायनासोर का नहीं स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता डायनासोर करीब तेईस करोड़ साल पहले विकसित हुए थे वो आज के रेप्टाइल यानी सांप चिपकी और मगरमच्छ के पूर्वज थे इनमें ऐसी कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 हजार, हजार नस्लों का पता लगाया है इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे डायनासोर चार पैरों वाले भी होते थे और दो पैरों वाले भी कुछ प्रजातियाँ उठ भी सकती थी ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम होल्स मानते हैं कि डायनासोर की ज्यादातर नस्लें आज खत्म आ गयी